नमस्कार दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उदयपुर के बहुत ही अच्छे स्थान पर देखिए यहाँ के नज़ारे कितने कश्मीरी से एकदम मिलते जुलते नजारे हैं हैं देखिए है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो है पहुंच चुके हैं देखिए है। अपन जो उदयपुर के जस्ट पास में उबेश्वर की जो पहाड़िया है बहुत ही काफी ऊंचा है यहाँ पे देखिए आप हल्की हल्की बारिश भी चलने लगी बादल बिल्कुल आ, पहाड़ों से अटैच हो चलते हैं और बहुत ही अच्छा महादेव जी का मंदिर है झरने वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो सामने के नज़ारे आप जिस तरह से देख सकते हो वो सामने जितनी भी पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से बहता हुआ जल आपको आज दिखाएंगे हम यहाँ पे और बहुत ही अच्छी जगह है यह उदयपुर को कश्मीर जो कहा जाता है वो इन्हीं पहाड़ियों के हिसाब से एक्चुअल में ये जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ की इसी के आधार पर उसको उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है दोस्तों